ए, भी वीडियो आएगा साइड से नहीं वो चलेगा है ही रख के ना चंदन चंदन ना बच्ची लाइट नहीं जा रही है उसके ऊपर तुम्हें कहाँ पैडियो डालता पीटा डालता अरे सॉरी पीटा एक एक तो किसको भेज रहे भेज तो दे।, तो दे। अमूरत निकालना पड़ेगा क्या केक चैन्ण काटना सी इतनी सी खुशी इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए यहाँ पे अपने चंदन भाई का केक काटने के लिए और फटाफट काटते भाई साहब अभी जब तो तक मुहूर्त नहीं निकलेगा तब तक केक नहीं काटेंगे Yes. <laughs> देख में में डालना उसको चंदन इधर इधर देख ले एक बार कैमरे अरे ये फिल्टर में को पागल ही क्या हमिदा क्लैशोर्ट है मोरत निकल रहा है भाई का जल्दी तो। मोहरत नहीं काट लेकर खा लिया खा लिया अए है खा लिया बगैर काटे खा लिया बगैर काटे खा रहे हैं <laughs> इतना बड़ा मुँह खोलने लगता पूरा क्या खाएगा इतना बड़ा बड़ा नहीं पूरा मत ना रख सबर रंग मस्ती मत कर इधर आना तू <laughs> साला ए इस इस एक बार बैठिया ना हो जाएगा अरे इधर आना तू पता बात आराम से देखना मत देखना मत नहीं वो के पास मतलब बच्चे किसका और एक केक कोई और काट रहा है <laughs> ये आ गया आराम से गिराओ मत रे चिल्लाएगा इधर अभी केक देगा अभी देगा रहे <hans> <laughs> चंदन का बोला साफ करूम तो सुबह आजी का बॉल में कभी भी कमा चेटी अभी सत्य भी फटपट है